अगर दम है तो स्तोटों को एक क्लिक में सेट करके दिखाओ क्या आपको पता है ये गेम में निन्यानवे परसेंट लोग फेल हो चुके हैं अगर दम है तो स्तोटों को एक क्लिक में सेट करके दिखाओ